अरे दम है तो उसे पाकर दिखा अपनी मंजिल को भुला जिया तो क्या जिया अरे दम है तो उसे पाकर दिखा लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी लिख दे खून से अपनी कामयाबी के कहानी और बोल दे किस्मत से कि अगर है तुझ में दम तो मिटा के दिखा नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पी स्टडी में छात्रों जैसा कि आपको पता है हाई स्कूल क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं आज आपका एक नया अध्याय है है जिसका नाम चैप्टर त्रिकोण मित्र के कुछ अनुप्रयोग क्या है तो मुख्य बात करते हैं।, इसको आप सभी जानते हैं दिखाना था नहीं लेकिन मैं दिखा दिया, है? इसमें कुछ नहीं बताऊंगा बस ठीक है चलिए भाई फिगर देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसमें उन्नयन और अवनमन कोण की जैसा कि स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा है बोलो जल्दी कमेंट करके बताओ आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर पेड़ टाइप का दिख रहा है ना लेकिन रेड कलर का ऊपर कुछ घेरा हुआ है उसमें बोलो जो पेड़ है उसमें रेड कलर का कुछ घेरा दिख रहा तुम्हें कि नहीं दिख रहा है ना ऐसा दिख रहा है कि उस पे कोई बैठा है देखो बेटा आप समझना अगर इस तरह से कहीं तुम्हें दृश्य दिखे हम तो मान लो कि ये पेड़ है हम मानते हैं यहाँ क्या है यहाँ पेड़ है और यहाँ पर हम खड़े हैं भाई पेड़ नहीं है, मतलब ये पेड़ की चोटी है जो रेड कलर में वो घेरा है स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा ना वैसे और हम लोग कहां रहेंगे हम लोग भाई जमीन पे ही तो खड़े रहेंगे आसमान में तो उड़ेंगे नहीं ये क्या है जमीन है ये जमीन है हा? ये जमीन है और मान लो कि हमारी ऊंचाई बड़ी है हा? बाकी और बड़े हैं हम नहीं है मान लो तो अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे भाई यहाँ खड़े है अगर हमें आसमान में कुछ देखना तो ऐसे देखते ना बड़े वाह जहाज जाती है मोदी बैठा है ना बोझ रहे मोदी जी बैठे जा रहे हैं ना तो कैसे देखते हैं हम लोग ऊपर ऐसे देखते हैं तो जो हम लोग देखते हैं जहाज को या कोई भी चीज को मान लो हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ की चोटी पर यानी पेड़ की पुलुई पर बैठे इस आदमी को देख रहे हैं जो आप देख रहे हो ना बाबा जी एक इनके बारे में बाद में बताएंगे तो जो हमारी आंख से ऐसे कोण बनता है ना उस पेड़ की चोटी से या फिर हमारी आंख से जो जहाज से कोण बनता है आसमान में उड़ते हुए प्लेन से या फिर भाई आसमान में चील उड़ रही है हम कहीं जा रहे मैदान में खेल रहे हैं देखने लगे अरे वह बहुत ऊपर उड़ रही तो हमारी आंख से जो कोड़ बन रहा है वो क्या है वो है उन्नयन कोण क्या है बेटा वो वो क्या है उन्नयन कोण मतलब समझ पाए कि नहीं तुम उन्नयन उन्नयन कोण उन्न इसकी हिंदी बड़ी कठिन है लिख के दिखा देता हूं इसे इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा देखिए इंग्लिश वाला समझ में आ रहा ना आपको इसे क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इलोबेसन यानी उन्नयन कोण देखो बेटा समझना समझ, समझ गए कि नहीं बताओ अगर कोई डाउट है तो बताओ यानी हम जमीन से अगर आसमान में या छत पे या कुछ भी चीज को देखते हैं तो ये क्या है उन्न एंगल ऑफ एलुवेसन इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अगर कहीं आ गया भाई सिंपल सी बात है लिख दीजिए जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर उठाकर देखना पड़े मतलब दृष्ट रेखा को ऊपर ऐसे उठाना पड़े भैया आसमान में जहाज उड़ रही है तो ऊपर उठाना पड़ेगा तो हमारी आंख से और ऊपर आसमान में स्थित उस वस्तु के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा लेकिन कोण कहाँ बनेगा हमारी आंख पर बनेगा मतलब आंख से बनेगा तो कहने का मतलब ये है एग्जांपल अगर हम आपको दिखा दें इसी में देखो तो जो कोण थीटा है ये क्या है ये उन्नयन कोण है क्या बेटा ये ये उन्नयन कोण है क्योंकि अगर इस पर कोई बंदा बैठा है ऊपर को देख रहा है तो क्या बन रहा है उन्नयन कोण बन रहा है ठीक है एक और देखिए इसका उल्टा अनमन कोण। एक बच्ची दिख रही पेड़ पे बैठी बड़ी खुश लग रही है लग रहा है कोई जबरदस्ती इसको उस पे बैठा दिया है कह रहा थोड़ी देर बैठी रही सी फिर घर में परेशान करके रखी खुश लग रही ना ये अब ये कहा देख रही जरा देखो अरे तुम्हें नहीं देख रही हमें नहीं देख रही वो देख रही है सामने अपने नीचे मतलब कोई होगा वहां नीचे साइड में उसको देख रही हो ऐसे देख रही ना मतलब थोड़ी दूर पे होगा तो इस बच्ची के आंख से और उस वस्तु से जो कोण बनेगा वो क्या होगा अवनमन कोण होगा क्या होगा भैया लिख लो इधर साइड में अवनमन कोण होगा यहाँ पे देख लीजिए और लिख लीजिए अवनमन कोण ठीक है यानी इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को अपनी दृष्टि रेखा को नीचे झुकाते हैं तो जो कोण बनता है दृष्टि से और उस वस्तु से वो अनमन होता है ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है अनुमन कोण समझ गए ना यानी किसी वस्तु को देखने के लिए अगर हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़े अगर हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़े ऐसे तो वो उन्नयन कोण और अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आंख को नीचे झुकाए ऐसे तो हमारी आंख से जो कोण बनेगा वो कोण होगा समझ गए अब इसे आप समझ गए अगर बेटा यहां पर कोई कोण बन रहा है जिसका नाम है पी तो ये पी क्या है ये है? है? है? ये कोण कोण है है है है ठीक क्योंकि नीचे की तरफ को देख रहा ऊपर से ना नमन अगर नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन उम्मीद है कि आप लोग उन्नयन और अवनमन समझ गए इसे नोट करिए मैं सामने से हट गया हूं बहुत जल्दी करिए फटाफट आगे बढ़ते हैं डन चलिए आगे आगे देखिए क्या दिखाने वाले हैं बच्चों इसमें एक और भी पॉइंट है इसे भी समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चन पे चलें दृष्टि रेखा क्या होती है लाइन ऑफ साइट ये भी हो सकता है कहीं आपसे पूछा जाए देखिए अभी आपने इस चित्र में उन्नयन और अवनमन कोण देखा तो भैया ये जो दृष्टि रेखा का मतलब जहां से हमारी दृष्टि पड़ रही है यानी ये क्या है एसी क्या दृष्टि रेखा है ए सी या सी ए इस चित्र में क्या है दृष्टि रेखा है कहने का मतलब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां से हम देख रहे हैं मान लो यहां पे इंसान की आंख है यहां पे क्या है इंसान की आंख है हा? और ये इधर साइड को देख रही है तो वही क्या दृष्टि रेखा है जैसे मान लेते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन को देखते हैं ऐसे देखेंगे तो हमारी आंख से एक डायरेक्ट किरण बनती है तभी तो कोई चीज देखेंगे वो क्या है दृष्टि रेखा है समझ गए? अब मुझे उम्मीद है कि इसमें और कुछ बचा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक है? एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा क्वेश्चन में देखिए एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन डोर एक एक पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है आपने अगर सर्कस देखा होगा तो गाँव में बहुत सारे मदारी या सर्कस वाले आते हैं वो लोग एक रस्सी को किसी खूंटी से बांधते हैं या फिर रस्सी को कहीं किसी छत से बांध के उसपे चढ़ते हैं सरकस अपना दिखाते हैं करतब दिखाते हैं लोगों वही तमाशा देखते हैं है ना ऐसे ही कुछ कह रहा है सर्कस की एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब हुई है। और भूमि में यानी भूमि पर जमीन पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है यानी जमीन पर कोई खंभा है उसमें से वो रस्सी बंधी हुई है और बांध कैसे खींचा हुआ है मतलब समझ रहे हो जैसे कोई खंभा जमीन पर खंबे के ऊपर रस्सी बांध दिया रस्सी बांध के जमीन पर खड़ा होकर सरकस वाला ऐसे खींचा है और खींचने के बाद जो बन रहा है उसे, उस पर क्या कर रहा है ठीक है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया है। तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए मान लेते हैं ये क्या है पोल है ये खंभा है एबी को हमने क्या मान लिया खंभा है कुछ लोग बने बनाए चित्र में कम समझ पा रहे होंगे तो आइये मैं उन्हें बना के दिखा देता हूं इसको बनाते कैसे है देखो बेटा समझो समझो थोड़ा सा आ, ये चित्र क्वेश्चन दिखाना जरूरी नहीं है बीच बीच में दिखा दूंगा और देखो मान लेते हैं कोई एक खंभा है खंभा मतलब एक पोल है जिस पर रस्सी ऊपर साइड में बंधी है ये मान लेते हैं एक खंभा है भाई खंभा है या लाठी ये कुछ भी मान लो। इसके ऊपर यहाँ पे क्या रस्सी बंधी है और बांध करके वो बेटा बंदा कहा यहाँ कहीं खींच के खड़ा है हम्म क्या कर रहा है खींच के खड़ा है रस्सी को जो सर्कस वाला है मतलब मदारी जो है ठीक है आगे देखना कहानी में क्या कहता है जरा ध्यान देना क्वेश्चन फिर से दिखाऊं तो आपको आ, क्लियर हो जाए मुझे पूरा उत्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया तीस अंश का है भूमि स्तर के साथ यानी जो जमीन है उसके साथ डोर द्वारा जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा तीस अंश का बन रहा है तो भाई जमीन तो ऐसे है यही है ना तो इसको खींच देते हैं ऐसे ये क्या जमीन है इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है क्या कह रहा है 30 डिग्री का है यही तो कह रहा है ना और कुछ तो नहीं कह रहा था ना फिर क्या पूछ रहा है देखो एक बार कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए स्क्रीन पे देखिए अपनी किताब में देखिए यही दिया है ना यानी हमें ये निकालना है हाइट ऑफ द पोल हमें ये निकालना है है ना हमें तीस अंश ये दिया है इसमें कोई और कुछ दिया है क्या नहीं दिया है लेकिन कहना जो डोर है वो 20 मीटर है कितना है 20 मीटर है यानी हमें ये भी दिया है इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग ये इतना हमें दिया है ठीक है हम इसका करेंगे सोलूशन यहाँ पे लिखेंगे बेटा हल लिखो दिया है इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन क्या क्या गिबेन है बाबू यहां पर देखो इसमें गिबेन है ए जो कि ट्वेंटी मीटर है और एंगल सी इक्वल 30 डिग्री है ये भी दिया है और ए की ऊंचाई क्या है यच है ये भी हमें दिया है उसमें दिख रहा है कि ए क्या है यच है ये लगभग हमें दिया है इसमें अगर हम देखें और कोण किस पे बन रहा बेटा सी पर बन रहा है तो इसके सामने की पूजा लंब है और ये क्या है करण है आधार तो हमें दिया नहीं है यानी हमें दिया है लंब और क्या दिया बट्टा कर्ण दिया है और त्रिकोण मिति अनुपात में अभी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था शुरू शुरू में दिखाया था दिखाया था ना याद करो साइन सब दिखाया था साइन थीटा होता लंब बटा कर्ण ना होता ना बेटा होता ना बाबू तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लंबे करूँ लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर लंबटे कर्ण दिया है लंब ए बी है कर्ण ए सी है इनके सारे मान रख दीजिए साइन थीटा थीटा की जगह पर बेटा तीस अंश का कोण बन रहा है वहां पर देखो तो तीस अंश बन रहा है तो हम थीटा पर तीस रख देंगे ठीक है बराबर ए बी ए बी एच है और ए सी बीस है ये दिया है हमें सारे मान रखिए साइन तीस अंश का मान एक बटा होता है देखो बाबू तुम्हें याद रहना चाहिए ये हम्म ये यच अपान ट्वेंटी इस तरह से इनको आप क्रास मल्टीपल कर लो क्रास मल्टीपल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो ये टू यच इक्वल ट्वेंटी यहां से यच इक्वल निकालोगे बाबू भैया तो ट्वेंटी अपान टू यानी बराबर दस मीटर समझ गए ना यानी कितना आ गया इस जो पोल क्यूँचाई है कितनी आ गई बाबू दस मीटर समझ में आया क्वेश्चन इलाहाबाद को तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले और बेलाइकन प्रेस करना ना भूलें अगला क्वेश्चन देखेंगे जाना नहीं अभी चलिए जल्दी करिए फटाफट और क्लास को लाइक करना नहीं भूलना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ भाई स्क्रीन साढ़ ले लो जल्दी से डन आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कह कहरा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद क्या करता है टूट करके नीचे को लटक जाता है और नीचे लटका हुआ जो भाग है यानी टूटा हुआ जो भाग है वो क्या करता है बाबू जमीन के साथ छूने लगता है और जमीन से तीस अंश का कोण बनाने लगता है तो कहरा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो आठ मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ऐसे समझो सीधी सी बात है जैसे आपने देखा होगा गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं अक्सर तो जब आंधी आती है तूफान आते हैं बड़े बड़े तो पेड़ अक्सर ऊपर से टूट जाते हैं कुछ तो नीचे से ही टूट के समतल हो जाते हैं तो ऐसे पेड़ की बात नहीं हो रही ऐसे पेड़ जो टूट लटक जाते हैं चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूं आइए ध्यान दीजिए देखो बेटा मान लो एक पेड़ है इधर साइड में देखो इधर साइड में समझो मान लो ये क्या है एक पेड़ है हम्म ये क्या एक पेड़ है अब एक किसी भी चीज का एक पेड़ है पेड़ ऐसे सीधा रहता है हम्म आंधी आई खूब तेज से तूफान आया ये टूट गया कहा से यहां से मान लो ये और इसको थोड़ा बड़ा कर लो अब मान लो कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया समझना पूरा नीचे से नहीं टूटा आधे पर से टूटा अक्सर ऐसे पेड़ टूट जाते हैं जब ज्यादा बड़े होते हैं आंधी तूफान में आप जानते हो ना और टूट करके क्या हुआ बेटा ये लटक गया भाई लटकेगा तो जमीन पे ही जाएगा कहीं आसमान में तो जाएगा नहीं आप कहोगे गुरुजी ये ऊपर भी खड़ा है नीचे भी लटक गया ऐसे कैसे ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है ये टूट के क्या हुआ यहाँ पे आकर के लटक गया एक्चुअली मैं ये रियल में अब यहाँ नहीं बचा है ये तुम्हें डांट डांट में, में दिखा दे रहा हूँ समझने के लिए कि ये पहले ऐसे था यानी पहले ऐसे पेड़ था वो टूट के क्या हुआ नीचे लटक गया अब तुम कहोगे ये काहे मिला दिए इसका क्या कनेक्शन है ये कुछ नहीं है ठीक है इसमें अति पत्ती होगी अपना जो भी है ऐसे क्या हुआ है टूट के लटक गया ठीक फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा पहले वो भी तो देखो भाई हट जा यार पेड़ पे क्या बैठी है उतर जा क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है वो टूटा हुआ भाग जमीन पर आकर के जमीन को टच करता है पेड़ का जो शिखर था पहले जो चोटी थी वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में तीस अंश का कोण बनाने लगता है तो पहले पेड़ की चोटी यही तो थी जो ऊपर खड़ी थी ना अब यहां से तीस अंश का कोण बना रहा है किधर से बना रहा है बेटा इधर से बना रहा है जमीन ये है इसको मैं बराबर कर ले रहा हूं जिससे दिखाई पड़े अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ नहीं किसी में गंदा गंदा लग रहा है तो तुम कंफ्यूज रहोगे इसलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं पत्ती उत्ती इसमें से निकाल देता हूं यह क्या है तीस अंश का कोण बना रहा है ठीक है कोई डाउट नहीं नहीं चलो आगे क्या कहता है इस तरह से टूट जाता है कि जमीन के साथ में तीस हंस का कोण बनाने लगता है क्वेश्चन दिखाओ फटाफट हाँ रहा जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है हुँ? पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है पाद बिंदु का मतलब जहां पर पेड़ उगा था जहां पर पेड़ खड़ा है वो क्या है पाद बिंदु है कहरा पाद बिंदु से जो पेड़ का शिखर है जहां जमीन को छू रहा है उसकी दूरी आठ मीटर है ठीक है आपके किताब में कह रहा बेटा यानी ये यहाँ पे छू रहा है ये पेड़ यहां खड़ा था तो ये क्या है आठ मीटर है याद रखना है, ये क्या है बबुआ ये आठ मीटर है राजा ठीक है और कुछ दिया है नहीं आगे क्या पूछ रहा है कह रहा है तो पेड़ के टूटे हुए आ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए क्या करना है पेड़ के टूटे हुए नहीं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है पूरी पूरी की पेड़ कितना बड़ा था हुँ? भाई पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या बाबू ये जितना खड़ा है इसको भी निकालेंगे और जो टूट गया इसको भी निकालेंगे यानी दोनों मिलाकर के क्या बनेगी पेड़ की ऊंचाई बनेगी हम्म यही तो बनेगी ना भाई सीधी सी बात है ही बनेगी आप लिखिए यहाँ पे लिखिए हल हल लिखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए इसका नाम लिख दीजिए एबीसी कुछ भी आप लिख सकते हो पी हम लिख देते हैं अपनी सुविधा अनुसार ए ठीक है अब लिखिए आ, पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा बेटा ए बी धन ए सी क्या होगी ए बी धन ए सी ए बी धन ए सी क्या होगी पेड़ की ऊंचाई होगी क्योंकि पेड़ सीधा सीधा खड़ा है टूट के लटक भी गया है तो दोनों भाग उसका हम जोड़ेंगे वो क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी ठीक है एनी डाउट किसी को नहीं ना चलो आगे क्या क्या दिया है अब लिखिए गिबन हिंदी में लिख लीजिए दिया है क्या क्या दिया है बाबू इसमें सबसे पहले तो हमें BC दिया है BC सी आठ मीटर दिया है और क्या दिया है कोण C भी 30 अंश का दिया है एंगल C 30 दिया है AB और AC हमें निकालना है भाई AB और AC अगर हमें पता हो जाए तो हम पेड़ की ऊंचाई निकालने जो हमें निकालना है यही तो इसमें का मुख्य था यानी हमें क्या करना बेटा ए फाइंड करने हैं, ए सी बी फाइंड करना है ठीक है एक है त्रिभुज बना है लिखिए त्रिभुज में सी बराबर भाई त्रिभुज ए बी सी में कौन सी क्या है तीस है अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना बेटा ए बी और ए सी दोनों निकालना है तो दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा हम्म दोनों तो एक साथ में हो नहीं पाएगा हम हाँ मान लो कि हम ए भी निकालने की कोशिश करते हैं और इसको मान लेते हैं यह मान लो कि है. ठीक है यानी फिर हमें क्या क्या मिल जाएगा ये लंब बटे आधार अगर उसको यच मान लोगे तो क्या मिल जाएगा लंबे आधार लंबे आधार किसमें होता है लाल बटा कक्का सभी पढ़े हो बुढ़ा के पढ़ते पढ़ते लंब बटे आधार बेटा लाल बटा कक्का में टैन में होता है ना इसलिए यहां क्या लिखोगे थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे आधार ये हमारा सूत्र है तो बेटा ये हो जाएगा टैन थीटा की जगह पर तीस अंश क्योंकि वहां पे हमें तीस दिया है और लंब लंब मतलब ए और आधार आधार मतलब इसका क्या बी ठीक है तो अभी तो हमें फिलहाल यहाँ पर भी मान नहीं रखने चाहिए क्योंकि हमने ए बी बी सी भी नहीं रखा तो यहाँ पर आपको मान रख देना चाहिए ए बी तो का मान यच और बेटा बी सी का मान आठ ये कुछ नहीं दिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देखिये यहाँ पर आप लोग कुछ कन्फ्यूज होंगे कन्फ्यूज कहा होंगे कोई कंफ्यूजन नहीं एच कमान आ जाएगा तैंतीस का मान क्या होता है बबुआ वन अपानूट तीन होता है ना वन अपान अंडर उच अपान आठ हल कर लोगे यहां से तो की वैल्यू जो आएगी बेटा निकाल लो यच बराबर इतना आप जानते हो क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो अंडर रूट तीन यानी आठ बटा रूट तीन आएगा बोलो आएगा ना इसमें कोई डाउट है तो बता देना यच का मान क्या आएगा बेटा एट अपान रूट तीन इसे लिख लो फटाफट इतना अब इतना आप समझदार हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्रास मल्टीपल करो एच का मान आ जाएगा दस में पहुंचे हो चलो जल्दी इतना कर लो मैं सामने से हट जाता हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम फटाफट निकालते जाएंगे जल्दी करिए हो गया इतना हम एच का मान लिख सकते हैं आठ बटा रूट पे लिख सकते हैं आठ बटा हम लिख दिए अभी आप लोग कुछ मत करना अपनी कापी में मत गोचना चलो इसको मिटा के अब ऊपर उप, से दिखाएंगे ठीक है मिटाओ से चलिए देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देना आपको देखो बाबू यहाँ पे समझना है वो क्या है कि जब हमने इस चित्र में इसको आधार लिया था इसको लंब लिया था उस समय हम इसको भी ले सकते थे करड को क्योंकि हमें ये भी तो फाइंड करना है ना हम्म तो इसको अभी तक हमने क्या माना था भाई इधर साइड में यच माना था इसका मान निकाल दिया इसको आप यच भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी मान लो इसको हम H1 मान लेते हैं या फिर आप कुछ ना मानो तो ए ही निकाल लो भी सही है हमने क्या मान लिया एच वन ठीक है चलिए निकाल देते हैं यहां पर लिखेंगे पुनः जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखो, पुनः कौनसी बराबर तीस कौन सी बराबर क्या होगा बेटा तीस तो अब क्या लिखोगे आप साइन थीटा इक्वल देखो साइन थीटा क्यों लगाएंगे क्योंकि अब की बार हम लंब और कर्ण लेने जा रहे हैं क्योंकि हमें ए भी मिल गया अब हमें एसी निकालना है तो एसी निकालने के लिए हम इसको क्वेश्चन में तभी तो आएगा ना यानी हमें कर्ण भी चाहिए तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है तो साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण लंब मतलब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है ना तो बेटा ये क्या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस तो साइन एंगल है थर्टी का और लंब कितना है जो सामने दिया है यानी ए बी ए बी अगर हम बात करें तो इसका मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है आठ बटा अंडर तीन तो हम इसको ऐसे रख देंगे अपान कर यानी एच वन हमें नहीं पता है साइंतीस अंश का मान आप सबको पता है बेटा सबको पता है कि साइंतीस का मान एक बट्टा दो होता है इक्वल देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है एच जो है वो क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है ठीक है तो इसके नीचे हम वन लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं ये हल करना आपको आता है बाहर का बाहर अंदर का अंदर ऐसे गुड़ा करते हैं ना तो बेटा इसका मल्टीपल होगा 8 हो जाएगा नीचे इसका होगा अंडरवुड तीन यहां से हमें सिर्फ h1 फाइंड करना है क्या करना है h1 वन फाइंड करना है तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं बेटा इनका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा आप कह सकते हो कि एच वन बराबर यह सोलह हो जाएगा H1 निकाल लो तो क्या हो जाएगा H1 बराबर भाई 16 बटा अंडर हो हो जाएगा। जाएगा? H1 बराबर क्या 16 बटा अंडर इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं? नहीं ना यानी हमें क्या मिल गया H1 भी मिल गया क्या मिल गया 16 बटा अंडर उठ लिख लो इसको भी 16 बटा अंडर उठ हमें निकालना क्या था पेड़ की ऊंचाई निकालना था यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ए और ए दोनों मिल गया है शुरू शुरू में हमने लिखा था ऊपर देखो पेड़ की ऊंचाई AB बी थे लिखा था ना और हमें पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है इसको मिटा दीजिए हाँ जल्दी करिए उसके बाद मिटा के डायरेक्टली AB और AC का मान रख दो आंसर आपके सामने आगे बढ़ें चलो जल्दी आ जाओ फटाफट देखिए बच्चों अगर आप इसे नहीं लिखे थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से लिख लीजिए हाँ अच्छा रहेगा चलिए अब हम क्या करेंगे अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर ध्यान देना बेटा ध्यान देना ए बी ए बी कमान वहां पर आया तुम्हें दिखी रहा है आठ बटा रूट तीन धन ए सी ए सी सोलह बटा रूट तीन दोनों को जोड़ देंगे जोड़ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है हम्म अगर हर हर बराबर है तो अंश अंश बड़े प्यार से जुड़ जाता है तो ये सोलह आठ चौबीस बटा रूट तीन कभी भी आंसर अंडर में नहीं लिखते हैं हर में फिर इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम इसका हर का परमयीकरण कर देंगे अंडर से ऊपर नीचे गुड़ा हो जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर अंडर उपान तीन ठीक है तीन से कट जाएगा यानी फाइनल में आठ इंटू अंडर उ क्या हो गया आंसर अब लिख देंगे क्या फाइनल हो गया आंसर आता पेड़ की ऊंचाई बराबर एट इंटू अंडर उसी कोई डाउट है तो बताओ नी डाउट नहीं कोई डाउट नहीं जल्दी करिए जल्दी करेंगे जल्दबाजी नहीं अगर अभी तक आपने पी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो फटाफट कर लीजिए और हाँ क्लास को लाइक करना ना बोलना यार प्लीज हाँ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन इतना जरूर करना बोलना नहीं नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं पूरा कोर्स बहुत जल्दी करें और हाँ अगर आप कम समय में अच्छे से सीखना चाहते हैं क्योंकि फ्री कोर्स अगर पूरा पढ़ेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कम समय में सीखना चाहते हैं तो पी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और आज ही घर बैठे सीखें थोड़े ही समय में अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है पहले तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे उसके बाद तब फिर समझेंगे ठीक है ध्यान दीजिए कह रहा है कि एक ठेकेदार ठेकेदार आप लोग जानते हो ना जो काम वाम करवाते हैं क्वेश्चन uh, पहले स्क्रीन पर आ जाए तब हम पढ़ते हैं ठीक है कह रहा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है पार्क मतलब जानते हो वैसे भी जो लोग बड़े हो गए बहुत घूमे पार्क वार्क साथ साथ में कुछ अकेले घूमते हैं कुछ साथ में घूमते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है लेकिन यहाँ पर बात हो रही बच्चों की क्या लगाना चाहती है फिसलन पट्टी और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो शिखर का मतलब उसकी मतलब टोटल ऊंचाई एक प्रकार से शिखर की बात करें तो चोटी यानी देसी भाषा में पुलुई बोला थे आप सुने होगा ना पेड़ पे पुलुईया बैठा है सुने हो यानी जो सबसे ऊपर जैसे अब मान लेते हैं अगर हम हाँ अपने आप को ले तो हमारा जो शिखर है वो क्या है ये खोपड़ी ऊपर सबसे ऊपर समझ रहे हो ना तो कह रहा कि शिखर वन मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ तीस अंश का कोण बना रहा हो पहले तो हम आपको फिसलन पट्टी दिखाएंगे ये फिसलन पट्टी क्या है? कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे आखिर ये फिसलन पट्टी कौन से जानवर का नाम है आ, जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ये देख लीजिए होता नहीं बना होता जिसे ऊपर बच्चे बैठते हैं ऐसे फिसल के नीचे जाते हैं फिर उस पर चढ़ते फिर फिसल के नीचे जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं ये फिसलन पट्टी है तो दो तरह की फिसलन पट्टी बन रही है एक तो वो बच्चे जो पांच साल से कम हैं वो इस पे मजे लेने वाले हैं और एक जो पांच साल से बड़े हैं तो दोनों के लिए यहां पर अलग अलग कंडीशन दी गई है आइए उन कंडीशन को पढ़ते हैं और उसी अनुसार हम फिगर बनाते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं एक बार हम प्रश्न को फिर से जल्दी से पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे अब दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे ठीक है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है फिसलन पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ में थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा हो यानी तीस अंश पर लटका हो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो तीन मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की तीन मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ में कोण बनाएगा जितना तो कोण कम होगा जैसे अगर मान लेते हैं ये समतल है आ, ऐसे समझ लो ये क्या हमारा हाथ क्या समतल है अगर इसपे हम ऐसे चढ़ेंगे तो एंगल कम है मान लो बहुत ज्यादा बन रहा होगा दस वस या पंद्रह का बन रहा होगा ऐसे करे तो तीस का बना ऐसा कर दिए तो कितने का बन रहा है ये 60 वाट का और अगर ये एकदम सीधा हो गया तो कितने का बनेगा एंगल नब्बे होती है कम से कम और अगर साठ सत्तर डिग्री का कोण बनेगा तो कोई साधारण इंसान या कोई प्रकार की गाड़ी या व्हीकल भी उस ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती वो पीछे को फिसल के चली जाएगी समझ रहे हो ना जैसे घरों में जो बनती हैं गांव में देसी मतलब अगर बात करें तो देहात वाली बाकी तो शहरों में तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बनती हैं उनकी तो बात अलग है लेकिन अगर किसी छत पर चढ़ने के लिए सीधी सीधी ऐसे सीढ़ी लगाई जाए तो वो लगभग साठ अंश के कोण पे बनती है लेकिन उसपे कितना ढाल होता है आप एहसास कर सकते हो है ना उसपे से गिरने के बाद सीधा सीधा हाथ पे सलामत नहीं बचते आगे फिलहाल क्वेश्चन पे बात करते हैं चलिए पहले हम बनाते हैं फिगर इसमें दो स्थिति बोल रहा है दोनों हम बनाएंगे एक कह रहा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है एक 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो दोनों को हम एक में बना देंगे हम्म, एक में ही दोनों को बना देंगे क्योंकि हमें दिखाना है आपको आइए इधर साइड में चित्र बनाते हैं ये मान लेते हैं क्या है ये 3 मीटर वाली फिफलन पट्टी है भैया क्या है ये तीन मीटर वाली फिफलन पट्टी है और आगे समझना थोड़ा कम बड़ी लग रही है तो इसको और बड़ा कर लेते हैं इसमें बढ़ाने में कोई घाटा नहीं नीचे बढ़ा लो ये हो बढ़ा लो अंजात के ही मिलाया जाता है इसमें कोई कंफर्म नहीं कि तीन मीटर है ठीक है फिगर ऐसे अंजाद के बनाया जाता है तो जो तीन मीटर वाली है कह रहा है वो कितने का कोण बना रही भाई तीन मीटर वाली जो है वो कोण कितने का बना रही वो साठ अंश का बना रही और जो डेढ़ मीटर वाली कितने का बना रही वो तीस का बना रही तो सीधी सी बात है खींच लो तीन मीटर वाली कितने का बना रही साठ का बना रही और दूसरी वाली कितने का बना रही तीस का बना रही जल्दी खींचो फटाफट इतना ऐसे फिगर आपके सामने पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है किसी को कंफ्यूजन ना हो थोड़ा टाइम जल्दी क्वेश्चन हो जाए इसलिए मैंने बना दिया आपको दिखाया नहीं है ना बस यही बात बोला था मैंने बना दिया अब क्या करेंगे कोई भी क्वेश्चन हल करने के पहले बेटा इसमें लिखते हैं दिया है जो जो दिया होता है उसको लिखते हैं आप लिखोगे गिबन गिबन मीन्स दिया है क्या क्या दिया है आ, उसको मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए जिनको ज्यादा परेशानी है 9.1 हा चलो ठीक है इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले तो हमें बी डी दिया है 1.5 पहले हम एक एक फिगर में चलेंगे पहले हम इस छोटके वाले त्रिभुज में चलेंगे और फिर बड़े के वाले त्रिभुज में तो लिख लो बेटा पहला स्थिति भाई कह रहा था कि जो पांच वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए जो फिसरन पट्टी है वो डेढ़ मीटर वाली है हम्म, और जो हम लोग जैसे बुढ़ा गए ना उनके लिए तीन मीटर वाली है तो आओ चलो यहाँ पे लिखो केस नंबर फर्स्ट, हिंदी में लिख दीजिए स्थिति फर्स्ट, पांच वर्ष से लिखिए पांच वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई पांच वर्ष से कम बच्चों के लिए पट्टी की लंबाई ठीक है अब लिख लेना यार लिखना मुझे बड़ा गंदा लगता है राइटिंग बनती नहीं है हिसलन पट्टी की लंबाई ये हम निकाल रहे हैं ठीक है लिखिए इसमें क्या क्या दिया है हो गया ये स्थिति नंबर फास्ट हो गई इसको लिखने के बाद इसमें थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया अब दिया है इसको नीचे लिखो ठीक है गिबेन इसको नीचे लिखना थोड़ा इसमें चेंज कर लो भाई ये ऊपर लिखना था ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो इसको भी दिया है मैं लिख लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा चलो जो जो दिया लिख दो। BD दिया दो है 1.5 और यह सी डी निकालना है। CD क्या करना? करना है आगे बात बढ़ानी है तो चलो कर ले फटाफट इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे भाई सिंपल सी बात है साइन लगाएंगे तो लिखो थीटा बराबर कर्ण और हमें इसमें लंब और कर्ण दिया भी है बी डी अपान सी तो थीटा का मान रख दो बेटा तीस बी डी बी दिया है सी कुछ नहीं दिया हमें निकालना है सारे मान रखते जाओ फटाफट फटाफट रखते जाओ तो बेटा ये होता 30 का मान 1.5 डी क्रास मल्टीपल करोगे तो सी बराबर तीन मीटर आएगा क्या आएगा बाबू तीन मीटर आएगा ठीक है यानी पहली स्थिति में जो फिसलन पट्टी बनानी पड़ेगी ठेकेदार को वो तीन मीटर की बनानी पड़ेगी कितने मीटर की तीन मीटर की चलिए स्थिति नंबर सेकेंड में आगे बढ़ते हैं इसको लिख लीजिए इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके बहुत जल्दी करिए आगे बढ़ें, ऊपर लिखिए स्थिति नंबर सेकेंड जल्दी करिए स्थिति नंबर सेकेंड देखिए देखो बेटा स्थिति नंबर सेकेंड में क्या कहता है उसमें भी जो भी दिया है जैसे भी वैसे ही लिख लेंगे स्थिति नंबर सेकेंड के लिए बेटा पूरा पूरा लेंगे त्रिभुज ए में तो ए बी तीन मीटर दिया है और इसके लिए एंगल हम सी वाला ये लेंगे सॉरी साठ अंश वाला क्योंकि जो बड़े बच्चे उनके लिए साठ अंश का कोण बनाने को बोल रहा था है ना इसको करेंगे इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए स्क्रीन पर देख लीजिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं अगर आप या आपके घर में कोई भी ब्रॉडबैंड लगवाने को सोच रहा है पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी तो एयरटेल ब्रॉडबैंड सबसे घटिया है बिल्कुल भी ना लगवाएं अभी आप स्क्रीन पर देखिए हमारे में छियासी रुपए का बैलेंस है तीन दिन की वालेटी है हमने ग्यारह समथिंग का रिचार्ज करवाया था पूरे पूरे एक साल के लिए भाई दिन रात कस्टमर केयर में इनके लगे रहो केबल वगैरह कट गई कोई सुनवाई नहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं हाँ हाँ बोलेंगे सर बस दो घंटे में एक घंटे में हो जाएगा होता कुछ नहीं है टाइम बर्बाद करना है तो लगवा लीजिए पैसा टाइम सब बर्बाद होगा हम आपको सुझाव दे रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं सावधान कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे सबसे कीमती स्टूडेंट हैं धन्यवाद चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कह रहा था ये भाई इसमें जो दिया निकाल लेने बस और करना क्या है हमें इसी फिचलन पिट्टी की लंबाई तो निकालनी है चलिए देखते हैं लिखिए एबीसी में सी बराबर 60 ठीक है देखो बेटा इसमें लंब दिया है यानी हमें ए भी दिया है और करण हमें निकालना है यानी लंब और करण की बात हो रही है तो हम इसमें लगाएंगे साइन थीटा हम्म तो साइंस थीटा बराबर क्या लंब बटे कर देखो बेटा थीटा का मान तो तुम्हें पता है साठ है लंब यानी सामने की पूजा कौन सी है ए बी ए बी का मान कितना है तीन और कर्ण ए सी ए सी हमें नहीं दी है तो हम इसका मान निकाल लेंगे चलो फटाफट इसका मान अंडरवुड तीन होता साइंस साठ का तीन बटा ए सी तिरछा गुड़ा कर लो इसमें तीन कहाँ से आ गया क्योंकि वो दिया था ठीक है अंडरवुड तीन होता है इसका मान साठ वाले का फिर छा गुड़ा कर लीजिए इधर साइड आइए निकाल लेते हैं तो देखो बेटा इसका गुड़ा करोगे आप एक में मल्टीपल करोगे ना हम्म ए सी इन टू अंडर छा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे तो छह बेटा अंडरवुड तीन आएगा अब देखिए यहाँ पर जो अंडरवुड है ना बेटा वो नीचे आंसर में हर में जा रहा है और हर में कभी भी आंसर में इस तरह से अंडर लगा के नहीं लिखते हैं तो इसे ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे हर का परमयीकरण करेंगे तो अंडर से ऊपर नीचे दोनों में गुड़ा कर देंगे तो नीचे से अंडर रूट यानी रूट हट जाएगा तो छ इन अंडर रूट तीन बटा नीचे तीन आ जाएगा क्योंकि तीन का जब तीन में गुड़ा होता है तो कितना आएगा दो अंडर रूट तीन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना यानी जो इसकी फिछलन पट्टी की लंबाई होगी बेटा वो कितना होगी दो अंडर रूट तीन ठीक है और इसकी वाली की क्या आई थी अभी अभी आपने देखा था मैंने निकाला था तीन मीटर आई थी ना समथिंग यही तो आई थी ना तीन आई थी ना यानी इसकी कितना होगी छोटे बच्चों वाली तीन होगी कितना होगी तीन मीटर और बड़े बच्चों वाली ट्वेंटी अंडर रूट तीन मीटर ठीक है कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में कौन सी फिसलन पिट्टी ज्यादा लंबी होगी लिख लीजिए स्क्रीन ले लीजिए आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए ये क्वेश्चन आपका आती कंप्लीट हुआ चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ठीक है उसके पहले आपको एक सूचना दे दें नहीं लिखे हो तो अभी फिर दिखा देंगे बेटा अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता ना तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पी स्टडी ऐप डाउनलोड करें मात 502 में एकदम जीरो लेवल से 10 क्लास तक पूरा कम्प्लीट कोर्स घर बैठे पा सकते हैं बहुत जल्दी करें आपर लिमिटेड टाइम तक है चलिए नोट कर लीजिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी लिखिए नीचे नंबर चल रहा है कुछ भी पूछना है तो संपर्क करिए कमेंट करके बताइए YouTube पे देख रहे हैं तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा जिससे कि हम अगली क्लास भी आपको पढ़ा सके क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जा रही है इससे ज्यादा आप लोग देखोगे नहीं है ना कमेंट करके बताना की आप अगली क्लास भी पढ़ना चाहते हो हाँ या नहीं पढ़ना चाहते हो ना कमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों जय हिंद सुबह आठ बजे यूट्यूब